ये शुभम मेरा नाम है और आपका अतुल और आपका नाजिम आपका और आपका मैं कॉस्टिंग और मैनेजमेंट अकाउंटिंग पढ़ाऊंगा है ना तो अपना जो ये सिलेबस को है इसको बुलेट्स पॉइंट में दिया है चैप्टर वाइज थोड़ा समरी के हिसाब से मैंने बाइफरकेट कर दिया सॉर्टिंग करके तो कॉस्ट अकाउंटिंग में आप लोग का नेट वगैरह क्लियर है बेसिक्स तो सब तो पता ही है हाँ। तो कॉस्टिंग में मतलब कॉस्ट से आप क्या समझते हाँ हाँ जो भी है और भी है हाँ। कॉस्ट तो में हाँ हाँ अप टू सेल अप्तु वाले सेल में तो प्रॉफिट इंक्लूड हो जाता है है ना देड़ी। हाँ कॉस्ट ऑफ गुड सेल जो बोलते हैं अपन तो वहां पर तक जो कॉस्ट होती है वो अपने कॉस्ट में आती है और जैसा आपने बताया नाजिम वो यूनिट जो बता रहे हैं तो यूनिट तो मेजरमेंट का तरीका है मतलब कॉस्ट कोई भी प्रोडक्ट जो अपन एक्सपेंस करते हैं कोई भी प्रोडक्ट को उसको यूनिफॉर्मिटी में लाने के लिए उसको एक्सिस्टेंस में लाने के लिए वहां तक का जो अपन खर्चा करते हैं वो उसको प्रोडक्ट की लागत मानी जाती है उसकी कॉस्ट मानी जाती है तो कॉस्ट दो तरह की होती है जो भी एक तो कौन सी होती है वेरिएबल कॉस्ट और एक फिक्स्ड कॉस्ट तो वेरिएबल कॉस्ट में वो प्रोडक्ट के साथ वेरी करती है कैसे वेरी करती है चेंज कैसे होती है हर प्रोडक्शन हर यूनिट का जो अपना प्रोडक्शन होता है कोई भी अपन एक चीज बना रहे हैं उसमें वो जितनी यूनिट बनाएंगे उतनी वो कॉस्ट लगेगी अपना प्रोडक्शन हंड्रेड यूनिट का है तो कॉस्ट हंड्रेड यूनिट पे लगेगी अगर उसको हम वन करते हैं तो वो हर यूनिट के हिसाब से वेरी करती है उसको क्या बोला जाता है वेरिएबल कॉस्ट तो ये यूनिट वाइज तो वेरी करती है और जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है फिक्स्ड कॉस्ट आपका प्रोडक्शन कितना भी है आपका प्रोडक्शन आप 100 यूनिट बना रहे हैं या आपकी 50 यूनिट्स बना रहे हैं कोई भी चीज की या अपन वन फिफ्टी बना रहे हैं तो उसके लिए ये फिक्सड रहती है ये चेंज नहीं होती है फिक्स्ड कॉस्ट अब वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट फिक्स्ड होती है मैं ये बोल रहा हूँ ये पूरा जो बैच है ये लॉट है अपना जो टोटल प्रोडक्शन है वो उस पे इफेक्ट नहीं करती है फिक्स्ड कॉस्ट वेरिएबल कॉस्ट में इन दोनों के बीच में एक कॉस्ट और आती है उसको अपन सेमी फिक्स कॉस्ट और सेमी वेरिएबल कॉस्ट इन दोनों के बीच में एक कॉस्ट और आती है उसको अपन सेमी वेरिएबल कॉस्ट बोल सकते हैं और सेमी फिक्स्ड कॉस्ट बोल सकते हैं ये अप ए लेवल फिक्स्ड कॉस्ट अपन बोलेंगे अप टू ए लेवल तो कोई प्रोडक्ट की कॉस्ट फिक्स्ड होती है है ना कि ये इतनी कॉस्ट तो अपने लगनी लगनी है है और उसके बाद जितना अपन अपन उसमें चेंजेस करते जाते हमने प्रोडक्शन में उतनी वो वेरी करती है। जैसे लाइट का बिल है अपना सपोज फॉर एग्जांपल इलेक्ट्रिसिटी बिल में वाटर बिल में जो भी ये अपने यूटिलिटी बिल्स होते हैं उसमें एक अमाउंट फिक्स होता है मंथली कि आपने जितना किलोवाट का लोडिंग कैपेसिटी ले रखा है उतना अमाउंट तो फिक्स रहता है तो उतना तो अपना हंड्रेड रुपीज पर मंथ है या टू हंड्रेड पर मंथ है तो वो क्या हो गया उस उसमें हंड्रेड रुपीज फिक्सड हो गया ठीक है तो ये तो उसका फिक्स्ड एलिमेंट हो गया कोई भी कॉस्ट का और वेरिएबल जो एलिमेंट है अब सपोज वो अपने कंजन पे डिपेंड करता है कि अपन कितना कंज्यूम कर रहे हैं इलेक्ट्रिसिटी में अपन मंथली में कितना बिल कंज्यूम करते हैं उस पर क्या डिपेंड करेगा वेरिएबल कॉस्ट का पार्ट अब सपोज फिक्स्ड कॉस्ट कॉस्ट कॉस्ट जैसे वेरिएबल वेरिएबल है तो में क्या है अब कोई भी अपन कोई भी लेट से एग्जांपल शर्ट बना रहे हैं अपन ठीक है तो शर्ट में अपना जो फेब्रिक लग रहा है ये तो फिक्स है जो भी अपना मेजरमेंट है तो वो फेब्रिक जो है वो फैब्रिक का क्वांटिटी जो फिक्स है तो उस पे जो कॉस्ट लगेगी वो क्या होगी वेरिएबल अगर अपन मान लो दो मीटर कपड़े का शर्ट बना रहे हैं और अगर एक बनाते हैं तो दो मीटर लगेगा पांच बनाते हैं तो दस मीटर लगेगा तो वो पार्ट तो हो गया वेरिएबल अब वो जो अपना शर्ट जिस मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में अपन बना रहे हैं अपना जो वर्कशॉप है वहां अपने को कुछ ऐसे एक्सपेंस करने होते हैं वो इन नेचर फिक्सड होते हैं जैसे से फॉर एग्जांपल वहां का रेंट लगता है जो वर्कर्स होते हैं उनको अपने को वेजेस देनी पड़ती है मजदूरी जो वहां पर जो उसको प्रोडक्ट को स्टिच करते हैं शर्ट को तो ये, ये फिक्स्ड हो गई सपोज अगर अपन उसको अपन ने उसको क्वांटिटी फिक्स कर रखी है कि आपको ये मंथली हमको सैलरी हमको देनी है पर यूनिट के हिसाब से नहीं है एक होता है ना कि आपको दस शर्ट बनाने हैं तो हम इतने रुपए देंगे आपको बीस बनाने हैं तो इतने देंगे तो वो तो पर यूनिट हो गया अपनी कॉस्ट जो अपने पड़ रही है पर अपन ने को उनकी सैलरी फिक्स है वन थाउजेंड पर डे है वो फिक्स है तो वो फिक्स अमाउंट में आती है है ना डेज के हिसाब से मंथली है वहां पे वॉचमैन है उसकी सैलरी है वो फिक्स्ड है जो जो एक्सपेंसेस अपने इन नेचर फिक्स्ड होते हैं वो अपने प्रोडक्शन चेंज होने के साथ वेरी नहीं होते है ना? प्रोडक्शन चेंज होने के साथ प्रोडक्शन अगर है चाहे नहीं है तो भी वो क्या लगना ही लगना है अब अप हम यहाँ क्लासेस खोल ओपन है अपनी क्लास अपन चढ़ा रहे तो अगर मान लो अपन यहाँ का जो रेंट है तो वो किसके अंदर आएगा वो लगना ही है क्लास चले चाहे नहीं चले वो फिक्स्ड में आएगा यहाँ इलेक्ट्रिसिटी बिल है जो जो अपन एसी यूज नहीं कर रहे लाइट यूज नहीं कर रहे पर जो फिक्स बिल आना है वो जो फिक्स्ड एलिमेंट है वो अपना आएगा सेमी फिक्स्ड कॉस्ट में कि उतना बिल तो फिक्सड ही है फिर आपने एसी चलाया लाइट चलाया तो जितना यूनिट कंज्यूम होती है वो किस में आएगा वो वेरिएबल कॉस्ट में आएगा तो ये कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड एंड वेरिएबल कॉस्ट होता है जो सेम में वेरिएबल कॉस्ट होता है वो कॉम्बिनेशन ऑफ फिक्स्ड और वेरिएबल कॉस्ट होता है है ना तो ये समझ आया आपको फिक्स्ड कॉस्ट और वेरिएबल कॉस्ट ठीक है अब अब नेक्स्ट अपन बात करते हैं संक कॉस्ट की ये कॉस्ट अपन जब मटेरियल कॉस्टिंग पढ़ते हैं कोई भी चीज है अपने को कोई प्रोजेक्ट बनाना है कोई भी चीज बनानी है जो अपन ने पैसा खर्च कर दिया अपन ने कोई चीज पैसा खर्च कर दिया अब आप उसके आगे उस प्रोजेक्ट को बीच में छोड़ देते हैं आप सपोज आप लोग एडमिशन लिया आपने ट्रायल क्लास है या डेमो क्लास है कुछ रजिस्ट्रेशन फीस दी तो आपने वो पैसा खर्च कर दिया जो चीज एक्सपेंड कर दी लेट्स से आपने हंड्रेड रुपे रुपीज पेड कर दी इंस्टीट्यूट ने आपने एक्सपेंड कर दिया वो चीज अब आप कल से नहीं आते हैं या फर्दर आप स्टडी नहीं करते हैं तो वो आपके लिए क्या कॉस्ट हो जाएगी उसको संक कॉस्ट बोलेंगे इसको अपन पास्ट कॉस्ट भी बोलते हैं। पास्ट कॉस्ट मतलब जो कॉस्ट लग चुकी अब अपन इसको एज ए कॉस्टिंग की बात लैंग्वेज में बात करें अपन ने कोई भी मटेरियल बना रहे अपन कोई मशीनरी है सपोज अब अपन मशीनरी इंस्टॉल करनी है अपने को अपने मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में फैक्ट्री में लाके कोई मशीन लानी है अपने को है ना अब मशीन लानी है तो अपन उसको सोच रहे हैं अपन कैश में बाय करते हैं तो कितने रुपए खर्च होते हैं और अगर अपन बाहर से बना रहे हैं तो और अपन मान लो खुद उसको खुद मैन्युफेक्चरिंग कर सकते हैं उस मशीन को अपने लोहे का कारखाना है सपोज मैं लोहे का गोदाम में कुछ काम करता हूँ है ना कोई भी रेलिंग वगैरह बनाता हूँ अब मेरे को कोई हथोड़ा बनाना है या कुछ बनाना है तो मैं उसको या तो बाहर से परचेज कर सकता हूँ कोई टूल्स है हार्डवेयर है या फिर मैं उसको इन हाउस प्रोड्यूस कर सकता हूँ अपने वर्कशॉप में कोई चीज को प्रोड्यूस कर सकता हूँ अब सपोज मैंने कैश में एक तो मेरे पास दो ऑप्शन है एक तो मैं वो चीज बाय कर लेता हूँ या तो खरीद लेता हूं बाजार से कोई भी चीज है उस प्रोडक्ट को या उस मशीन को कोई भी यूनिट है उसको बाय कर लेता हूं या फिर या फिर मैं उसको इन हाउस प्रोड्यूस करता हूं मेरे कारखाने में उस मशीन को बनाता हूं ये मेरे को डिसीजन लेना है तो ये डिसीजन लेने के लिए मेरे को एक कॉन्सेप्ट होता है कॉस्टिंग में रेलेवेंट कॉस्टिंग बोलते हैं उसको रेलेवेंट कॉस्टिंग बोलते हैं अपन जो डिसीजन लेते हैं ना उसमें बहुत सारे अपने को टर्म्स पढ़ने पड़ेंगे तो उस त, उस इस टॉपिक में जो एक टर्म आती है उसको बोलते हैं संक कॉस्टिंग सपोज आप एक ब्रिज बना रहे हैं एक ब्रिज बना रहे हैं और आपने उसमें दस लाख रुपए खर्च कर दिए एक मैंने आपने काम किया कोई मैंने आपकी कंस्ट्रक्शन की यूनिट है और आपने दस लाख रुपये उसपे खर्च कर दिए अब एक फ्लड आ गई बाढ़ आ गई उसमें अब वो आपका ब्रिज टूट गया है वो नष्ट हो गया है अब आपको डिसाइड करना पड़ेगा वो ब्रिज मुझे आगे बनाना है या नहीं बनाना है समझ रहे आप मेरी बात तो जो ये दस लाख रुपए आपने खर्च कर दिए ये भूतकाल सॉरी भूतकाल की बात हो गई पास्ट कॉस्ट हो गई ये प्रेजेंट टेंस नहीं रहा ये चीज आपने ये चीज आपने खर्च कर चुके हो आप अब आप चाहे बनाते हो चाहे नहीं बनाते हो वो ब्रिज तो खत्म हो गया है ना तो इस कॉस्ट को अपन बोलते हैं संकोस्ट है ना संकोस्ट में क्या होता है इसको पास्ट कॉस्ट भी बोला जाता है हिस्टोरिकल कॉस्ट भी बोला जाता है इसको हिस्ट्री जो इतिहास है जो जिसका आपके फ्यूचर में आप कोई भी एक्शन लेते हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता चाहे आप ब्रिज आगे बनाओगे चाहे नहीं बनाओगे ये कॉस्ट तो आपकी लग गई इसका दूसरा अच्छा एग्जाम्पल है रिसर्च एंड डेवलपमेंट एक्सपेंसेस आपने कोई भी प्रोडक्ट को बनाने के लिए पहले रिसर्च करी है ना कोई भी आपने प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करना है आपको तो आपने रिसर्च करी उसके लिए आपने दो साल दिए तो आपने उस पर जो एक्सपेंड किया अमाउंट वो आप कर चुके हैं दो आपने अठारह में काम शुरू करा आज इक्कीस चल रहा है तीन साल से रिसर्च चल रही है कोई भी प्रोजेक्ट को लेके तो वो कॉस्ट क्या हो गई अपने रेलेवेंट कॉस्टिंग के टर्म में अगर अपन समझे तो संक हो गई है ना तो वो अपने को उस कॉस्ट संक को संकिडर नहीं करना है अब मैं आगे मैंने दस लाख रुपए तो लगा दिए दस लाख रुपए मुझे मिल भी गए पर मेरे को बाढ़ आ गई गवर्नमेंट ने अब मेरे को पेमेंट कर दिया अब मेरे बाढ़ आ गई वो वो तो डूब गया अब गवर्नमेंट कल मेरे पास आती है तो उन्होंने बोला सर हमने आपको दस लाख तो पेमेंट कर दी है अब अपना जो कॉन्ट्रैक्ट था वो अभी ब्रिज पूरा तो हुआ ही नहीं था अपन ने ब्रिज को हैंडओवर तो करा ही नहीं था तो सपोज हमारा कॉन्ट्रैक्ट पहले था बीस लाख रुपए का इधर से नहीं होगा अपना पहले जो एग्रीमेंट गवर्नमेंट से हुआ था वो बीस लाख रुपए में हुआ था और गवर्नमेंट अपने को दस लाख रुपए तो दे चुकी थी अब वो कल अपने पास आती है अब वो बोलती है हम आपको दस लाख और देंगे आप ब्रिज बनाइए तो ये जो है ये एक्ट ऑफ गॉड के अंदर आता है जो बारिश होती है ब्लड आती है तूफान आता है है ना साइक्लोन आता है ये सब एक्ट ऑफ गॉड भगवान का किए के अंदर आता है उसमें ना अपना बस ना किसी और का तो अब हम उनको बोलेंगे दस लाख में तो हम नहीं बना सकते हैं तो ये जो कॉस्ट लगी ये गवर्नमेंट गौर, के लिए क्या हो गई ये गवर्नमेंट के लिए संकॉस्ट हो गई अब गवर्नमेंट हमें अगर आगे से दोबारा बीस लाख रुपए या पंद्रह लाख रुपए ऐसा तो नहीं है वो ग्राउंड लेवल तक खत्म हो गया ब्रिज है ना तो वो अपने को सपोज अपने को वो पंद्रह लाख रुपए देती है तो अब अपने को डिसाइड करना पड़ेगा कि अपने कॉस्टिंग उसमें कितनी लगेगी और अपने को आगे वो कॉन्ट्रैक्ट को कैरी फॉरवर्ड करना है या नहीं करना है समझ रहे हो आप मेरी बात हा? हा हा तो कोई भी रेलेवेंट रेलेवेंट जो कॉस्ट होती है डिसीजन पर रेलेवेंट नहीं है वो अपने को इग्नोर करना है स्ट यही मैं आपको बता रहा हूं आप को अपने को इग्नोर करना पड़ेगा वो दस लाख को मैंने भुला दिया कि वो आपने दे दिए उसको हम कंसिडर नहीं करेंगे अगर उसको कंसिडर करते तो वो हमको पंद्रह लाख देते ही नहीं हम बोलो कुछ बोल रहे हो क्या हाँ तो उसको अपने को कंसिडर करना ही नहीं है हाँ। वो रिसर्च एंड डेवलपमेंट में ले लेते हैं हाँ जोड़ेंगे ना अपन मैं ये बोल रहा हूँ उस वही कॉन्सर्ट में बताऊंगा उसको बोलते हैं अपन वो जो पर यूनिट कॉस्ट अपन लेते हैं ना वो किस में कंसीडर होती है कोई भी प्रोडक्ट की अपन टोटल कॉस्ट निकालते हैं अब वो कॉस्ट हमारे डिसीजन लेने के लिए कि हम फ्यूचर में इसको आगे करें ब्रिज को बनाएं या नहीं बनाएं। जब भी कोई चॉइस लेनी होती है ना अपने को कोई भी चीज को दो ऑल्टरनेटिव है ऑल्टरनेटिव वन है और ऑल्टरनेटिव टू है इनमें से अपने को सिलेक्शन करना है तब कौन सी कॉस्ट काम में लेते हैं अपन रेलिवेंट कॉस्ट तो इस कॉन्सेप्ट में अपने को वो चीज इग्नोर करनी होगी और जब अपन टोटल कॉस्ट लेंगे कोई भी प्रोडक्ट की तो अपने को क्या अब, अब उस ब्रिज की टोटल कॉस्ट गवर्नमेंट के लिए कितनी पड़ी टेन प्लस फिफ्टीन उस केस में अपन क्या लेंगे तो यहां पर संक संकट टोटल कॉस्ट में जुड़ेगी पर रेलिवेंट कॉस्टिंग में नहीं जुड़ेगी है ना आया समझ में कुछ आया आपको तो ये जो संग कॉस्ट है हिस्टोरिकल कॉस्ट है फ्यूचर कॉस्ट है ये सब चीजें अपन किसमें डिस्कस करेंगे रेलेवेंट कॉस्टिंग में है ना अब अपने ये जो कॉस्टिंग का जो पेपर है इसमें देखो आप ये मैंने जैसे बेसिक इसमें बताया है फर्स्ट है यहां पर कॉन्सेप्ट ऑफ कॉस्ट जो है फर्स्ट है ना उसमें कॉस्ट की डेफिनेशन देखो जो मीनिंग है इसका द अमाउंट ऑफ एक्सपेंडिचर एक्चुअल और नॉशनल इनकर्ड ऑन और एट्रिब्यूटेबल टू ए स्पेसिफाइड आर्टिकल प्रोडक्ट और एक्टिविटी ये बोल रहा है जो भी आपने एक्सपेंस किया ये जो आपने एक्सपेंस किया कोई भी प्रोडक्ट को कॉस्ट को या एक्टिविटी कैरी करने के लिए तो उसको क्या माना जाएगा एक्सपेंस उसको कॉस्ट माना जाएगा जो भी आपने एक्सपेंस किया है उसको कॉस्ट माना जाएगा अब इसमें लिखा हुआ है एक्सपेंस यहां पर बता रखा है कितने तरह का बोल रहा है यहां एक्चुअल और नोशनल एक्चुअल और नोशनल कोई भी एक्सपेंस है जो आप एक्चुअली आपके पॉकेट से आप दे रहे हो जो आपको रियल में आउट ऑफ पॉकेट पे वो इफेक्ट पड़ रहा है है ना कोई भी आप जो खर्चा पे कर रहे हैं अक्रूड है या जो भी है मतलब अकाउंटिंग का जो अक्रूड और एक्चुअल पेमेंट नहीं बोल रहा जो आपको आज देना है या फ्यूचर में देना है पर देना है तो वो तो क्या होगा एक्चुअल कॉस्ट में आएगा ठीक है और नोशनल कॉस्ट में क्या होता है आपको वो चीज दिख नहीं रही है।, है ना पर आपको वो आपको पेमेंट नॉशनल कॉस्ट से कैसे होता है? है ये ये जो आपको एक्सपेंस है वो डायरेक्टली डायरेक्टली आप रिलेट नहीं कर पा रहे जो आपका यूनिट और प्रोडक्ट है उसको डायरेक्टली वो रिलेट नहीं कर पा रहा है ना जैसे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट अभी पढ़ेंगे है ना तो तो नॉशनल में क्या हो गया वो चीज आपको लग रही है पर आप उसको एक्चुअली जो है ना वो आपको दिख नहीं रही है जो इनडायरेक्ट कॉस्ट भी अपन लेते हैं ना नोशनली जो डालते हैं तो डायरेक्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्या होता है आपने ये वुड बनाया ये, ये, इसमें आपको क्या दिख रहा है मतलब खर्चा क्या क्या लग रहा है फर्नीचर तो इसको बोल दिया वुड लग गई एक तो लकड़ी लग गई है ना ठीक है तो वो फिनिशिंग अपने लेबर चार्ज में आ गई इसको बनाने की जो मजदूरी है वो वेजेस में आ गई जो लकड़ी है वुड ठीक है ये वुड आपको डायरेक्टली दिख रहा है ये ये पेपर है आप इस पेपर को ये चीज डायरेक्टली दिख रही है जो चीज आपके प्रोडक्ट में आप डायरेक्टली देख सकते हैं छू सकते हैं महसूस कर सकते हैं उसको फील कर सकते हैं ठीक है तो वो किस कॉस्ट में आती है अपने डायरेक्ट कॉस्ट अब आपने जो खर्चा है इसका जस्ट अपॉजिट जो आपको फील नहीं कर सकते आप उस प्रोडक्ट को देख के नहीं बता सकते अब ये प्रोडक्ट जिस फैक्ट्री में बनाया है या घर में बनाया है तो अपन ये नहीं बता सकते इसका रेंट जो लगा है वो अपने को दिख नहीं रहा है इस प्रोडक्ट में कि अपन ने कितनी मजदूरी लगाई है क्या मशीन का डेप्रिसिएशन है तो वो सब कॉस्ट किस में आएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट जो अप्रत्यक्ष लागत होगी अपनी वो किसमें आएगी इनडायरेक्ट कॉस्ट में क्लियर yeah, हुआ आप लोग को अब इसमें नेक्स्ट नहीं हाँ, तो मैं बोल, मैंने बोला डायरेक्ट कॉस्ट और इनडायरेक्ट कॉस्ट है अपने जो अपन कॉस्ट लेते हैं जो आपने अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सुना है ना सुना आप लोगों ने क्या होता है उसका मतलब किसी प्रोजेक्ट को छोड़कर दूसरे से अगर आपको तो नहीं वो तो वो तो अपन चूज का क्राइटेरिया है वो वो अपने कोई ऑप्शन को चूज करने के लिए क्या चुकाना पड़ रहा है है न वो उस प्रोडक्ट की क्या हो जाएगी अपॉर्चुनिटी कॉस्ट सपोज मैं टीचिंग के लिए आया ठीक है मुझे जो रेमोनरेशन मिल रहा है मुझे वो पंद्रह हजार रुपए पर, पर मंथ मिल रहा है ठीक है उससे पहले मैं अपना कुछ काम करता था है ना उसको उस काम को मैं या कहीं और जॉब करता था जो भी करता है वो मुझे छोड़नी पड़ी तो ये इस पंद्रह हजार के लिए अर्न करने के लिए मुझे कितनी कॉस्ट बेयर करनी पड़ी दो हजार रुपए कोई मेरी फैक्ट्री में मैं प्रोडक्शन करता था कोई जो उस प्रोडक्शन को जो मैं बेचता था उस पे मुझे सौ रुपए प्रॉफिट होता था ठीक है तो वो सौ रुपये प्रॉफिट होता था और सपोज मैं ऐसी दस यूनिट बेचता था तो ये जो अमाउंट मेरे को छोड़ना पड़ रहा है अब मैं उस फैक्ट्री को मैंने रेंट पे दे दिया तो रेंट पे मैंने दे दिया तो उसके लिए मुझे अमाउंट जो छोड़ना पड़ रहा है उसको क्या बोलेंगे अपन अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कोई अपॉर्चुनिटी को अपन अवेल कर रहे हैं तो उसके लिए जो अपन सेक्रीफाइस कर रहे हैं वो किसमें आती है अपॉर्चुनिटी कॉस्ट में तो जो कॉस्ट मैनेजमेंट है अपना जो सिलेबस है तो उसमें क्या होता है जैसे नेट का है और जे का है और अपना ये असिस्टेंट प्रोफेसर का है ये सब जो एग्जाम्स होते हैं उसमें क्या प्रैक्टिकल क्वेश्चन आते नहीं है अपने को सॉल्व करने नहीं होते और कोर्स में कॉस्ट अकाउंटिंग है मैनेजमेंट अकाउंटिंग है डी टी आईडी है और अकाउंट्स है है ना तो इन सब में लिमिटेड क्वेश्चंस आते हैं तो वो क्वेश्चंस आप चाहे एक हजार क्वेश्चन करके गए और वहां पर नए नए क्वेश्चंस आते हैं तो अपने को क्या चीज समझनी पड़ेगी कॉन्सेप्ट उस ताकि वहां पर अपन आइडेंटिफाई कर सके उस चीज को है ना क्योंकि क्वेश्चंस तो सॉल्व होंगे नहीं फॉर्मूले भी बहुत कम भी बहुत कम कम पूछे पूछे पूछे जाते जाते जाते हैं, हैं हैं, जनरली जो वो भी तो कॉन्सेप्ट को समझने होंगे जो प्रेकल भी प्रेकल है नहीं तो प्रैक्टिकल क्वेश्चन को रटने थोड़े ना होते कॉन्सेप्ट समझ, समझ के ही हाँ के ना, हाँ तो मेरा कहने का मतलब प्रैक्टिकल क्वेश्चंस ए टू सी पूरा ऊपर से नीचे नहीं समझा जाता सपोज कॉस्ट शीट है सबसे पहले अपन आपने कॉस्ट शीट जो बेसिक हमेशा से अपन पढ़ते हैं सबसे पहले क्या चीज आती है सबसे पहले डायरेक्ट मटेरियल आता है अपना डायरेक्ट मटेरियल के बाद डायरेक्ट उसको अपन डायरेक्ट वेजेस भी बोलते हैं लेबर भी बोलते हैं ये अपने को किनको देनी होती है जो वर्कर्स होते हैं है ना हाँ जो लेबर लेबर मतलब जो मेहनत मेहनताना जो कर रहे हैं ना जो जो डायरेक्टली रिलेटेड होते हैं अपना फैक्ट्री एरिया से उनको क्या देते हैं अपन डायरेक्ट लेबर. लेबर फिर थर्ड पार्ट क्या लगता है अपना डायरेक्ट एक्सपेंसेस वो भी वही है प्रोडक्ट में जो डायरेक्टली रिलेटेबल है है ना इन तीनों को मिला के अपन क्या बोल सकते हैं कंबाइंडली डायरेक्ट इसको बोलते हैं अपन जो अपना प्रोडक्ट है उसकी जो मूल लागत आ रही है है ना जो भी प्रोडक्ट है उसको बनाने में जो बेसिक कॉस्ट आ रही है जो उससे अपन डायरेक्टली रिलेट कर सकते हैं वो किसमें आएगा प्राइम कॉस्ट में उसके बाद उसके बाद ऑफिस नहीं आता उसके बाद आता फैक्ट्री ओवरहेड फैक्ट्री ओवर तो ओवरहेड जो होता है अपन जो अपन ने पढ़ा था ना वेरिएबल वेरिएवरहेड और फिक्स्ड कॉस्ट जो पढ़ा था, है ना? थाड को खर्चे बोला जाता है तो जो फैक्ट्री में होने वाले खर्चे है, है ना वो की? पर वो डायरेक्टली रिलेटेबल नहीं है सपोज इसका एग्जांपल बताइए क्या हाँ ये जो भी चीजें होगी वो किसमें आएगी फैक्ट्री ओवरहेड में आएगी है देखे। हाँ प्लांट्स रिलेटेड आपका डेप्रिसिएशन हो गया प्लांट का इंश्योरेंस हो गया प्लांट का डिस्कार्ड वैल्यू हो गया वो सब सारे खर्चे किस में आते हैं फैक्ट्री अब अपन प्राइम कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड को अपन ऐड करते हैं तो उसको क्या बोलते हैं और है ना फैक्ट्री हाँ? में प्रोडक्शन ही तो होता है तो इसको क्या बोला जाता है फैक्ट्री कॉस्ट वर्क कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट ठीक है यहां तक का जो पार्ट आता है ये ये अपना बेसिक प्रोडक्ट से रिलेटेड हो गया ये फैक्ट्री में होने वाले खर्चे हो गए अब फैक्ट्री के बाद बिजनेस में क्या एक्सपेंस करेंगे अपन ऑफिस या फिर एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड बोलेंगे उसको एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड यहां पर भी वही चीजें आएगी जो ऊपर आ रही थी बस ये रिलेटेड किससे होगी ऑफिस रिलेटेड होगी यहाँ पर अपन वेजेस नहीं बोलेंगे जैसे सैलरी है ना मतलब ये की सैलरी होगी है ना यहां पर यहां पर ये तो आ गई अपने डायरेक्ट लेबर जो है ये तो क्या हो गया, गया। हाँ ये तो हो गया अपने जो मजदूरी दे रहे हैं अपन फैक्ट्री ओवरहेड में क्या हो गया इनका जो सुपरवाइजर है जो फैक्ट्री में होता है अगर अपन सैलरी लेवे तो और यहां पर सैलरी से मतलब क्या हो गया हाँ जो एम्प्लॉज है उनकी सैलरी वगैरह तो अब नेक्स्ट क्या होगा इसमें अगर अपन फैक, फैक्ट्री कॉस्ट में इसको ऐड करते हैं तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये अपनी प्रोडक्शन उस प्रोडक्ट को बनके तैयार हो गया उसकी लागत आ गई ठीक है अब इसके बाद है ना तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूट है? है ना अरे वो अलग चीज हो गई वो तो वर्क नहीं एडलेस तो यहाँ भी होगा वर्क इन प्रोसेस हाँ तो सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट आ गई ये इसमें अपना सपोज अपन ने एडवर्टिजमेंट किया है, है ना सेल्समैन को कमीशन दिया है ठीक है उसका मार्केटिंग हो गई है ना डिस्ट्रीब्यूशन कॉस्ट हो गई वो सब इसमें आ जाएगी है ना अब जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्ट है कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड उसमें प्रॉफिट एड करते हैं तो अपना क्या आ जाता है, है ना प्रॉफिट जोड़ते क्या आ जाता है सेल value प्लस प्रॉफिट क्या हो गया सेल प्रॉफिट जो अपन चार्ज करते हैं यहां तक सब क्लियर है ना प्रॉफिट अपन चार्ज करते हैं तो वो कैसे कर सकते हैं मतलब अपन ने एक प्रोडक्ट बनाया देखे, देखे देखे देखे देखे, देखे देखे। है देखे देखे? और कुछ तो अब वो अपन क्राइटेरिया कैसे डिसाइड करें अपन जैसे सपोज अपने को ये डिसाइड करना पड़ेगा ना कि मार्केट में इंडस्ट्री रेशियो है मार्केट में कितना प्रॉफिट इस प्रोडक्ट लोग कमा रहे हैं ठीक है अपना रेवेन्यू रिसिप्ट है अपन कॉस्टिंग पढ़ रहे हैं तो कॉस्टिंग सिर्फ प्रोडक्ट की नहीं होती सर्विस की भी होती है अपन यहाँ पर कोई प्रोडक्ट नहीं बेच रहे यहां पर क्या दे रहे हैं इंस्टीट्यूट में सर्विसेस दे रहे हैं। तो सर्विस का जो अमाउंट है वो उस उसमें भी प्रॉफिट जोड़ेंगे तो एक परसेंटेज अपन ने फिक्स कर लिया सपोज टेन परसेंट ऑन है ना जो भी अपनी कॉस्ट है उस पर क्या कर लिया अपन ने टेन परसेंट अब कॉस्ट अपनी हंड्रेड तो प्रॉफिट कितना हो गया है ना दस रुपए आ गया अपना प्रॉफिट ये तो क्लियर uh, है है ना अब दूसरा होता है टेन परसेंट ऑन सेल्स तो जो एक सौ दस रुपए अपन ने सेल लिया या सेल का जो भी अमाउंट है एक सौ दस एक हजार है तो इसमें वो प्रॉफिट प्रॉफिट एड है, है ना इसका जीएसटी का में, में भी बहुत अच्छा है एग्जाम्पल जैसे कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इसमें जुड़ा हुआ है या सो आ गया या अपना परसेंटेज आ गई इन आप कॉस्ट से करोगे तो कॉस्ट आ जाएगा प्रॉफिट से करोगे तो प्रॉफिट आ जाएगा है ना अपन जीएसटी जो इनडायरेक्ट टैक्स में भी जीएसटी कैलकुलेट करते हैं कोई भी प्रोडक्ट की तो उसमें भी यही आपने देखा होगा कोई भी आप प्रोडक्ट हजार रुपए का प्रोडक्ट है है ना? मैंने आपको सपोज यहाँ फीस हजार रुपए है हजार रुपए आपकी फीस है उस पर मैंने बोला जीएसटी अलग से लगेगा कहीं भी आप जाते हो जीएसटी मतलब इनडायरेक्ट टैक्स जो हो गया वो अलग से लगेगा तो आप इस हजार पे टेन परसेंट ऑफ क्या करोगे टेन परसेंट ऑफ हजार एटीन ऑफ हजार जो नॉर्मल रेट है तो ये कितने रुपए हो गया 180 एटी तो या, आप यहाँ आपकी फीस क्या लगेगी है ना या फिर आपको बोला जाए कि आपकी फीस 1000 है और इंक्लूसिव ऑफ जीएसटी जो टैक्स है वो टैक्स इंक्लूडेड है तो अपने को यहाँ 1000 रुपए गए है ना इसको अपने को करना पड़ेगा 100 प्लस rate of tax हंड्रेड plus rate of tax यही चीज जो अपने costing में यहां पड़ी थी वन थाउजेंड कॉस्ट प्लस है ना क्योंकि इंक्लूसिव ऑफ प्रॉफिट होता है ठीक है यहां तक क्लियर है अपना इसमें आगे एक टॉपिक है देखो समझ आ रहा है ना आप लोगों को आगे एक टॉपिक है कॉस्ट कॉस्ट कंट्रोल है ना ये सिर्फ समरी है थोड़ा थोड़ा जो अपना सिलेबस है उसका बेसिक एक एक लाइन है इसमें लिखा हुआ है कॉस्ट कंट्रोल अपनी कोई भी कॉस्टिंग है अपन जो एक्सपेंस कर रहे हैं उसको अपन अगर कंट्रोल नहीं करेंगे तो अपन सर्वाइव नहीं कर सकते कॉम्पिटिशन इतना हो गया प्रॉफिट अपन ज्यादा जोड़ नहीं सकते तो दूसरा ऑप्शन कॉस्ट कम करो अब कॉस्ट कम का मतलब होता है कॉस्ट आप ऐसा नहीं कर सकते ना अपने क्वालिटी हल्की कर दे या जो भी है तो कॉस्ट कंट्रोल का मतलब कॉस्ट को कम करना नहीं होता उसको ऑप्टिमाइज करना होता है अपन कोई भी कॉस्ट ऐसा नहीं कर सकते ना कोई चीज बना रहे अपन इसके में प्लाई अपन कमजोर यूज कर ले तो अपने को ऑप्टिमाइज करना होता है कि अपनी क्वालिटी भी मेनटेन रहे जो भी अपन प्राइस चार्ज कर रहे हैं तो अपना जो प्रोडक्ट है उसको जस्टिफाई करें उस प्राइस को तो कॉस्ट कंट्रोल में अपने को देखना है देखो इट इन्वॉल्व डिटेल्ड एग्जामिनेशन ऑफ ईच कॉस्ट अपने को अभी अपन ने पढ़ा कॉस्ट शीट में कितने तरह की कॉस्ट है डायरेक्ट मटेरियल, लेबर ओवरहेड एक्सपेंस सेलिंग डिस्ट्रीब्यूशन तो अपने को सबसे पहले कोई चीज को कंट्रोल करना है तो पहले उसको समझना होगा ठीक है इन द लाइट ऑफ एडवांटेज रिसीव्ड फ्रॉम द इनकरेंस ऑफ कॉस्ट अपने को उस कॉस्ट को कंट्रोल करने के लिए अपने को उसको स्टडी करना है पर अपने को यह भी ध्यान रखना है कि उसके एडवांटेज क्या क्या है अपन अपने जो लागत आ रही है उससे अपने को बेनिफिट क्या क्या है उसको ध्यान में रखते हुए अपन क्या करेंगे उस कॉस्ट को स्टडी करेंगे ठीक है वी कैन स्टेट दैट कॉस्ट इट एंड एनालाइज टू नो वेदर कॉस्ट इज नॉट एक्सीडिंग इट्स बजटेड कॉस्ट है ना बजटेड कॉस्ट क्या होता है बताओ है? अच्छा और ये फ्यूचर से रिलेटेड होता है प्रेजेंट से या पास से है नाटेड होता है पास्ट के बेस पे अच्छा से में फ्यूचर के लिए। हाँ अपन कोई भी कोई भी चीज को फ्यूचर के लिए अपन बजट बनाएंगे है ना एनालाइज करेंगे तो हाँ एक दो मिनट क्या चीज ये फैन चालू ये फ्यूचर कॉस्ट है है ना फ्यूचर के लिए कॉस्ट उसको अपन पहले प्रिडिक्ट करेंगे और वो प्रिडिक्ट प्रिडिक्शन कैसे होगा जो भी अपने पास इंडस्ट्री का डाटा है या अपन ने पहले वो प्रोडक्ट बना रखा है पिछले साल है ना पास्ट ट्रेंड में अपन उस पास्ट ट्रेंड का डाटा लेके उसको अपन बजट बनाते हैं फ्यूचर के लिए है ना जैसे इस महीने अपने को मान लो अपना घर चलाना है तो कितना रुपए खर्च होना होगा तो अपन पहले पिछले महीने देखेंगे अपने को कहा कितना रुपए लग रहा है ठीक है तो ये होती है बजटेड कॉस्ट अपने को ताकि अपन फ्यूचर में अपन कंपेरिजन कर रखें कर सके कोई चीज से एक हजार रुपए अपन ने बजटेड कॉस्ट बनाई है वो एक्चुअल प्रोडक्ट बन रहा है बारह सौ रुपए में है ना उसके लिए अपने को फ्यूचर का एस्टिमेशन करना होता है बस ये टॉपिक ये कर दू वी कैन स्टेट दैट कॉस्ट इन एनालाइज टू नो वेदर कॉस्ट इज नॉट एक्सीडिंग इट्स बजेड कॉस्ट अपनी बजटेड कॉस्ट हजार थी तो वो उससे एक्सटेंड कर रही है तो उसका रीजन अपने को आ, सर्च करना पड़ेगा कि जो वेरियंसेज है एंड वेदर फ्यूचर कॉस्ट रिडक्शन इज पॉसिबल और नॉट अपन ने हजार रुपए बनाए कि बारह सौ रुपए को अपन कम कर सकते हैं या नहीं कर सकते वो क्या बोल रहे हैं एक सेकेंड बुला रहे हैं है न हैं अब कुछ है। नहीं अभी तो चालू आज आज एक का दो आज लगा देंगे दूसरा लाया हुआ है ये येिंग तो दो चार was